तो है गाइस फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग शुरू किया हूँ मैं चाहता हूँ आप सब प्यार दे जी जान लगा के सपोर्ट करें तो बस घर की ओर जा रहे हैं किसी से लिफ्ट मांगते हैं भैया आप तो बड़ा अच्छा दिख रहे भैया किधर जा रहे भैया आगे जा रहे भैया हम घर में पास में छोड़ दीजिएगा थोड़ा क्या कर रहे हो भैया फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग शुरू की है भाई बना रहे थे तो और भैया नाम क्या हुआ आपका आयुष नाम है क्या काम करते हो तीन दिन का काम करते हैं, एक से लेते हैं दूसरा को देते हैं कितना कमा लेते अरे पूरा खुद पुर कमा लेते थे पास में है रोक दीजिएगा अरे रोकिए भैया अरे रोकिए अरे भैया रोकिए अरे महाराज रोकिए अरे भोसड़ी वाले भैया घर में पार हो गया जी अरे रोकिए अरे कहा कर रहे जी अरे गलिया रुकिए भैया चौधरी किसने भैया आपको आप भैया रोकिए अरे गलिया रुकिए दोस्तों अरे मार लेंगे भैया कर रहा था हम कर लिए, कान मरा तुम और करो लाओ गए इसको लेंगे और दूसरा को देंगे खूब पैसा कमाएंगे तो गड़िया